तो कोलता में रात को लकड़ी के इसमें हाथ लगी है है ये अपनी पारवेरी की गाड़ी आई है रात को भी आज बुरी तरह ले चुकी है और पूरी कोशिश की जा रही इसको